मजी तुझ में खोया गया मैं, मुझ में खोई वही रहे तो खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी तुझसे मिलता रहूँ मैं मुझसे मिलती रहे तू खुद से